हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से टॉप ट्वेंटी फाइव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर एक निम्नलिखित में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है जिसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आने की छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि भारत के आठ राज्यों के नाम बताए थे मैंने जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है तो विश्व की सबसे बड़ी प्रायदीपीय की बात करें तो वह अरब का प्रायद्वीप है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा अरब का प्रायदीप है इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर तीन की ओर और इसमें कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचा पठार के लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह पामीर का पठार है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसे हम दुनिया का छत भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ेंगे जो कि बेहद आसान और इम्पोर्टेंट भी है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है जिसे कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था जिसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह आने की ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय जिसने सिविल सेवा परीक्षा का सफलता प्राप्त की थी तो प्रथम वह भारतीय कौन था जिसने प्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बनर्जी आने की ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ बनर्जी इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कब भूमिज विद्रोह हुआ था तो दोस्तों भूमिज विद्रोह की बात करें तो गंगा नारायण द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था जो कि अठारह बत्तीस में हुआ था यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1832 सौ इसका सही उत्तर होगा इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन जिसमें कहता है मुगल वंश की स्थापना किसने किया था तो दोस्तों मुगल वंश की जो स्थापना है वह जलालुद्दीन बाबर द्वारा किया गया था सन पंद्रह में पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बेहद आसान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसमें कहता है हुमायू नामा की रचना किसने किया था जो कि मुगल सम्राज्य से क्वेश्चन है यह भी तो हुमायू नामा हुमायूं जीवन परिचय थी और इसकी रचना गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था जिसमें हुमायूं के जीवन चरित्र और उसकी पूरी जिंदगी से संबंधित सारी कथाएं उसमें वर्णित थी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है तो दोस्तों भारत का हॉलीवुड अगर की बात करें तो भारत का हॉलीवुड जिस सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर थी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बेहद आसान है भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है तो दोस्तों हॉलीवुड जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मुंबई को कहा जाता है उसी प्रकार टॉलीवुड जो है वह कोलकाता को कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर बढ़ेंगे हम लोग जो कि बेहद आसान है और इम्पोर्टेंट भी है इसमें कहता है निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन बांग्लादेश की राजधानी है तो दोस्तों इनमें से पूछा गया कि बांग्लादेश की राजधानी कौन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ढाका जो है वह बांग्लादेश की राजधानी है इस्लामाबाद हमारा पाकिस्तान का है काठमांडू नेपाल का है और नेपिटो जो है कहाँ आपका भूटान का है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की बात करें तो वह कौन सा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीन है वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ा देश की बात करें तो दोस्तों रूस है जिसको हम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और वेटिकन सिटी जो है वह यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है निम्न में से क्या भारत का राष्ट्रीय फल है तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल बेहद आसान है जो कि आम है यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय फल आम है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन यानी कि क्वेश्चन नंबर सत्रह में कहता है चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो दोस्तों चाय के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा पहला दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर एटीन की ओर बढ़ेंगे और एटीन नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोयला के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान पूछा गया है तो तीसरा स्थान है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर उन्नीस की ओर चलेंगे और अब इसमें कहता है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी पूछा गया है मनामा जो है वह बहरीन का है तेहरान जो है ईरान का है बगदाद जो है इराक का है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि जकार्ता जो है वह इंडोनेशिया की राजधानी है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें कहता है श्रीलंका का किस महासागर में स्थित है सॉरी श्रीलंका किस महासागर में स्थित है ऐसा क्वेश्चन है तो दोस्तों जिसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका जो है हिंद महासागर में है आने की ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा हिंद महासागर में इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन 21 विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है तो ऊंची पर्वतमाला जिसे कि हम लोगों ने देखा था माउंट एवरेस्ट था लेकिन यहाँ पर लंबी पर्वतमाला की बात कर रही है तो एडिज पर्वत है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एडीच पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि बेहद आसान है फोबोस तथा डिबो दिमो, डिमोस किसका उपग्रह है जैसे कि हम लोगों ने सौरमंडल की वीडियो में यह क्वेश्चंस को पढ़ रखा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह का जो है फोबोस तथा डिमोस नामक दो उपग्रह हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह को अपने धुरी पर घूरने में सबसे कम समय लगता है आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना दिन या कितना घंटा लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है सौर का सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है तो सौर का सबसे ऊँचा पर्वत पूछा गया है जो कि हमारा कौन सा होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकस ओलंपिया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट तो हमारा धरती पर है वर पर्वत भी धरती पर है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वह 28 जुलाई 1914 को हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई उन्नीस में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी थैंक यू दोस्तों जय हिंद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में